नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संदीप आप चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जय श्री राम दोस्तों यह कहानी एक बूढ़े मजबूर पिता की है एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमजोर हो गया था इसलिए अपनी बची हुई जिंदगी अपने बेटे के साथ बिताना चाहता था इसलिए शहर में अपने बेटे के घर रहने के लिए चला गया बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था मकान तो उसका छोटा था उस मकान में बेटा उसकी पत्नी और उनका एक सात साल का बच्चा साथ मिलकर रहते थे बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का सदस्य और बढ़ गया यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम साथ में खाना खाया करते थे शुरू शुरू में तो बेटा अपने बूढ़े बाप का बहुत ध्यान रखता था पर बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीजें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन या कोई महंगा सामान भी टूट जाया करता था कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े बाप की इन से परेशान रहने लगे एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा हमें कुछ करना पड़ेगा उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हो गई अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज़ लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने बूढ़े बाप से कहा कि आप यहीं बैठकर खाना खा लिया करो उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें ज़रा भी नहीं सोचा कि उनके मन पर क्या बीते। अब खाने का समय होते ही बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाना खाता और बाकी परिवार अपनी डाइनिंग टेबल पर खाया करता डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते थे बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते मगर उन्हें कोई असर ही नहीं होता बूढ़े का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो तब बच्चे ने भोलेपन से कहा अरे मम्मी पापा मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को जब आप बूढ़े हो जाओगे तो एक दिन खाना दे सकूँ अपने मासूम बेटे द्वारा की गई यह सरल सी बात दोनों के दिल में तीर की तरह घुस गई दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे क्योंकि उनके पास अपने बेटे को जवाब देने के लिए कुछ नहीं था बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आप के सामने खुलती हुई नजर आई उन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हटा, हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी किसी को तकलीफ नहीं देती थी दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है हर वह पेड़ जो आज हरा भरा है वह कल सूखेगा और डाली भी नीचे गिरेगी इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुज़ुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हम बूढ़े होने के तब बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें दोस्तों आपको यह दिल की बात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और ख़ास करके ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनका कोई ना हो हाँ अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए रोज़ नई कहानी ला सकूँ धन्यवाद दोस्तों